ये पहलवान गौरव पर समय गला मिनट का समय बस जोरदार चाहिए कुश्ति को मन बूतवन थोड़ा है। ठीक है बैठो बैठो बैठो बस से खाड़ी का बहुत पुराना पहलवान है और उस पहलवान ने भी बड़े बड़े पहलवानों को टक्कर दिया